हेलो हाय कैसे हैं आप लोग तो चलिए आप लोगों को सामने आज हम या फाई एंड का जो रेफर एंड प्रोग्राम है उसके बारे में बताएंगे चलिए एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं आप लोगों के सामने देख पा रहे होंगे कि एप्लीकेशन ओपन हो रहा है इसका एक बहुत मज़ेदार रेफर प्रोग्राम चल रहा है यदि आप 10 से 14 लोगों को रेफ़र करते हैं तो आप लोगों को पाँच सौ का जो है वह बाउचर आप लोगों को 22 तारीख को 22 दिसंबर को मिल जाएगा तो चलिए उसका पूरा प्रोसेस बतला देते हैं उससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके जान लीजिए तो देखिए उसका एफ आई एन डी लोड बैक जो है हमारा रेफर कोड एस एच है तो उसको आप लोग 10 से अगर आप लोग चौदह लोगों को रेफ़र करते हैं तो पाँच सौ का तो 2000 का शॉपिंग हो जाएगा इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले चलिए हम आप लोगों को एफ़ का रेफर एंड प्रोग्राम के बारे में ऐप मेले चलते हैं जो भी हैं कृपया हम कमेंट करके बताएं कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे रेफर एंड फ्री शॉपिंग वर्थ दो हज़ार रुपये इस पर हम क्लिक करते हैं जैसे ही हम इस पर क्लिक किए आप लोग देख पा रहे होंगे कि रेफर एंड फ्री शॉपिंग वर्थ दो हज़ार का रेफर जो है अगर दस से चौदह लोगों को आप लोग रेफर करते हैं तो पाँच का फ्री शॉपिंग होगा पंद्रह से उन्नीस लोगों को रेफ़र करते हैं तो 1000 हज़ार का फ्री शॉपिंग होगा और अगर आप लोग 20 लोगों से ज़्यादा लोगों को रेफ़र करते हैं तो 2000 हज़ार का फ्री शॉपिंग होगा इसके लिए पाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ज्वाइन 13 यानी आज से 19 दिसंबर के बीच में करना पड़ेगा जो 100% परसेंट ऑफ आप लोगों को 2 दिसम्बर का को कोड मिल जाएगा तो कमेंट कीजिए तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले ज्वाइन हो जाएंगे वहाँ पर लिंक मिलेगा एस एच आई वी हाँ यस एच चलिए हम कोड दोबारा देख लेते हैं यस एच आई वी एच वाई जो कोड डालेंगे तो आप लोग रेफर अकाउंट होगा